अभी हमारे मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है इस तो फोन को हम बंद नहीं कर सकते तो हमने ये तीनों बटन दबा के रखना है तो थोड़े टाइम के बाद ये फ़ोन रिलू होएगा, वॉल्यूम प्लस का बटन छोड़ देना है अभी वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ का बटन दबा के रखना है जैसे ये रिकवरी मूड कराता है ऑनॉक्स का बटन छोड़ देना है। ये चाइना लैंग्वेज है अपने को इंग्लिश में लेकर आना है और यह माइनस बटन लगा फॉर्मेट देखा मेरे मोबाइल में डबल सिक्स फोर टू पासवर्ड आया आपके मोबाइल में जो पासवर्ड आया उसको एंटर करके फॉरमेट कर देना है। डेट पर मैं तो होस